तो हेलो हल आज मैं आपके लिए कंटेंट और लेकर के आया हूं तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये फाइनली पूरा ये अलग अलग है सारा इसको हम असम्बल करेंगे और ये देख सकते हैं ये एक माइक्रोस्कोप है जो कि मैं इसका डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दे दूंगा ये आप देख सकते हैं सारा चीज़ यहाँ पे ये माइक्रोस्कोप इसका मैं रिज़ल्ट भी आपको बताऊँगा ये विथ कैमरा ऑप्शन है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कैमरा ऑप्शन माइक्रोस्कोप है आप यहाँ पर ये देख सकते हैं फाइनली फ्रेंड्स और हम इसके बारे में पूरा वीडियो अभी हम सोच असेंबल करेंगे तो भी आपको वीडियो बता देंगे और ये कौन सा मॉडल है ये क्या है मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ इसकी प्राइस भी आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं सारी चीज़ें तो वीडियो में आप ऐसे ही बने रहे फ्रेंड्स ये इतना बड़ा पार्सल ट्रे मिल जाता है इसका ये देख सकते हैं जिसमें काम करने की बहुत ही आसानी से हम इसमें काम कर सकते हैं इसमें आपको बता दूँ फाइव की लेंस मिल जाएगी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइव की लेंस जो कि काम करने में आपको स्पेस भी मिल जाता है आप यहाँ पे देख सकते हो ये है 5x 5x लेंस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये देखिए 5x उसके साथ इसमें एलईडी मिल जाएगी जो इसमें ये देख सकते हैं ये स्टैंड है इसका सारा चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं तो मैं इसको अब करने वाला हूँ तो आप वीडियो को लास्ट हिंट तक ज़रूर देखें फ्रेंड तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा चलिए तो फाइनली हम इसको प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम इसे लगा देते हैं फ्रेंड आपको वीडियो में पूरा इंस्टॉलेस कैसे होता है सारा चीज़ में करके मैं करके आता बता दूंगा आपको लगा देना है जैसा करते हमारा ये लग चुका है उसके बाद फ्रेंड्स आपको ये लगाना है और यहाँ पे जाकर के कर देना है टाइट ये हमने टाइट कर दिया है तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिए यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है और हम लगाएंगे इसको फ्रेंड्स तो इस स्क्रो को आपको खोल लेना है ये आसानी से आपको फिट हो जाएगा ये हो चुका है अब इसके कवर को आपको निकालना है ये दोनों कवर हैं इसमें आपकी लेंस लगती है तो ये लेंस भी आप देख सकते हो हम यहाँ पे इस लेंस को इंस्टॉल कर रहे हैं तो इस लेंस के लिए आपको बहुत ही इजी तरीके से ये इंस्टॉल हो जाता है फोन बट उससे पहले यहाँ पर एक स्क्रू होगा इसमें आपको उसको स्क्रू को ये देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रू है ये आप आ, मैं दिखाना चाहूँगा स्क्रू को आपको खोलना पड़ेगा और इसके बाद इसको इन करना होगा तो ये देखिए फाइनली हमने इंस्टॉल कर दिया है फ्रेंड्स ये जूम आउट जूम के लिए होता है बेसिकली तो हम इसे फाइनली सेटअप करेंगे और इसमें हम लगाएँगे का लेंस यहाँ पे फाइव का लेंस है हमारे पास फाइव लेंस हम इंस्टॉल करेंगे यह आपको काम करने में काफ़ी स्पीस मिल जाएगा तो सिंगिंग करते हैं स्कॉल फ्रेंड है जैसे कि आप देख सकते हैं ओवरव्यू अब ये कैमरा ऑप्शन यहाँ पे है जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कैमरा ऑप्शन है ये हम चाहे तो लगा सकते हैं और चाहे तो नहीं भी लगा सकते अगर आप चाहते हैं तो कैमरा ऑप्शन भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं बाकी आप ये देख सकते ये हो ये फाइनली स्टार्ट हो चुका है इससे हम एडजस्ट कर सकते हैं और इससे हम इस जूम आउट लिमिट कर सकते हैं इससे हम अपना हैंड का जो भी हमारा ये है ये हम कर सकते हैं तो मैं तो मैं आपको फाइनली यहाँ पर ओवरव्यू दे रहा हूँ यहाँ पर इससे हम इसे जूम आउट से हम जूम इन ज़ूम आउट कर सकते हैं और उससे अपना ये कर सकते हैं तो ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे काम करने के लिए तो आई होप इसका जो है तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कैसा दिखता है तो प्रैक्टिकली चलिए तो मैं इसमें दिखा देता हूँ कि ये कैसा दिखता है एक बार तो फ्रेंड्स मैं इसकी प्रैक्टिकल आपको दिखा देता हूँ तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर कितना क्लियर कट यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है जैसा कि आप देख सकते हो मैं इसको थोड़ा सा दिखाने की कोशिश आपको कर ही रहा हूँ बहुत ही क्लियर कट यहां पर दिखाई दे जाता है इसको हम जूम आउट करेंगे जूम इन करेंगे तो भी हमें ये देख सकते हैं बहुत ही क्लियर कट यहां पर दिखाई दे रहा है तो ये माइक्रोस्कोप आई होप बहुत अच्छा है आप इसे ले सकते हैं ये जडेज मलिक का वर्जन है और ये फाइनली प्रोसेस आप देख सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है हमारा और आप चाहें तो इसमें रबड़ भी लगा सकते हैं जिसमें आई के अनुसार तो ये काफ़ी बहुत अच्छा है माइक्रोस्कोप जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका ओवरव्यू फुल इंस्टॉलेसन के साथ वीडियो बनाया है तो अगर ये आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा। आप वहाँ से जाकर के इसको संपर्क कर सकते हैं बाकी आप देख सकते हैं ओवरऑल व्यू कितना क्लियर कट यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर तो दबाएँ जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले